सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी हा तो सब तैयार हो बढ़िया बस भाई एक मैसेज कर लू सेटिंग पे कर ले तू पहले अपनी सेटिंग सुबीरी हो जा हो भाई होगा अब सब तैयार हो रे तेने भी यार कहा तैयार तैयार मचा रहा को सारे तैयारी करे आपका शेरवानी पहन काम है अरे ऐस सुन ले पूरी मैं कह रहा हूँ दो दो ओवर का मैच है और जो हारेगा उस सौ सौ रुपया की दावत देगा ठीक है हाँ तो दोस्तों यू बहुत ही रोमांचक मैच शुरू होता हुआ सारे फील्डर अपनी फील्डिंग पर तैनात हैं और हमारे बहुत ही बॉलर मृदुल बॉल कराते हुए तो बल्लेबाजी वो कर रहा है जिसे असलियत में चिड़िया आउट कौआउट खेलना चाहिए और इसी और के, के साथ पहले ओवर की, उवर की पहली, पहली, बॉल पहली, बॉल पहली बॉल करी जाए तो इसी के साथ पहले ओवर की पहली बॉल शुरू करी जाए इतना बड़ा एम्पायर ना दिख रहा तो बना दूंगा सॉरी भाई, भाई। सॉरी और मैं सनी ने मारा शॉर्ट बॉल जाती हुई सीधा छह रन के लिए छक्का एक बॉल छह रन और ये दूसरी बॉल कराई जा रही है और मस्तानी ने मारा बहुत ही टाइमिंग का शॉर्ट बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ और यह बहुत ही शानदार चार रन चार रन है चार रन सब लोग देख लो चार रन है पूरे और यह तीसरी बॉल की तैयारी मस्तानी ने गलती से उठा के खेला शॉर्ट बॉल जाती हुई फील्डरों के हाथ में पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा हमारे फिल्डर कस्ती उनसे कैच नहीं लिया जाता मस्तानी नोट आउट मामा ने घुमा के खेला है जाती हुई की तरफ और देखते हैं पाएंगे या नहीं और और जाती हुई सीधा चार रन के लिए मामा ने ये सिद्ध कर दिया है है, कि वो वो उनको जितना कमजोर है, वो कमजोर समझा जाता इतने नहीं। बल्लेबाजी करने आया है मटका और बॉल कराने आया है मामा अगली करवा। गो दोस्तों तो अब बारिये उस शख्स की जो अपने ओवर में छक्के पे छक्के लगवा रहे थे अब देखते हैं वो, वो, वो अपने ओवर में कितने छक्के लगा पाएंगे